एक बार एलोन मस्क से किसी ने इंटरव्यू में पूछा कि उन्होंने आज तक टू व्हीलर बाइक क्यों नहीं बनाए एलोन ने जबा में बोला एक बार वो बाइक से कहीं जा रहे थे एकदम से उसका ट्रक से एक्सीडेंट हो जाता है मगर उस एक्सीडेंट के इतना खतरनाक होने के बाद भी किसी तरह से वो बस जाता है उन्होंने कहा कि उनकी किस्मत तो अच्छी थी मगर सबकी किस्मत अच्छी नहीं होती है और इसी कारण से वो फोर व्हीलर पर टू व्हीलर से ज़्यादा भरोसा करते हैं जिसकी वजह से उन्होंने अभी तक तो टू व्हीलर्स बनाने का नहीं सोचा है और इसी कारण से हमारे रतन टाटा ने भी आज तक इसके बारे में नहीं सोचे हैं दोस्तों ये फैक्ट वीडियो आप सभी को कैसा लगा चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर बताइए